Ah ah ah ah ah ah. Ah. Sumbadara, sumbadara. Sumbadara, sumbadara. Ah, ah. sumbadara, woh tha tumko mere bhi kahani nahi le, andar ah, ah. kab tak khund kab ke <usperate> aakhon sabani hai, matme bhi jono n soho mere tum sabani mere mahi mere nur. तुमको मेरे भी कहानी मेरे अंदर जुनो मेरी मेरी मेरी अली अली ओ मच्चपन से नाम बाली मेरे जिनको समझा खास सारे निकले वो तो चाली कोशिशे है मेरी चाली बच को मल तना है चाली कोई पागल बोले सबकी कोई देता मोज गाली आई कैसे बोलू माँ को मेरे बच्चा दे रहा ना है मैं माँ को बच्चा ये बेचारा है मैं कैसे बच्चा देरा बच्चा तेरा तेरा सुन बच्चा आने वाला कोई तारा है बाबा ने सिखाया बेटा हक्का ही तू खाना बेटा मेरे पर तू हक्के लिए हाथ ना पलाना बेटा कभी तुम्हारा तो फर देना ना बहाना बेटा जाके लड़ना बल्ल बेटा मेरा खाना जिम्मेदारी है घर पे बैठी बहन देनी उसकी तो शादी है, जीना है तुरी, तुरी जीना उधारी हुआ था हावी में कब खुडोला पानी में नश्मे में। था हावी में दुगो का बनाता राही में डुबा पुरो तबाही सुनो में मैंने खुद की और हाथों में लिया था लोगों ने तो रहा है काफी दफा पर कभी ना लिया रे मेरे ये सेंटिमेंट कभी ना लगाए इन पे कभी ना मिला है मुझको